देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो हमारे स्टेट को नशा मुक्त किया करने का जो आह्वान किया गया उसी पे ही आज एक कार्रवाई करते हुए जो टनकपुर पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त गुप्ता प्रसाद जो कि फ़िलहाल अभी डीपीएस केस में जेल है एन सेक्ट में ही कार्रवाई करते उसकी चल असल संपत्ति को फ्रीज करने के लिए आगे कार्रवाई की गई है उसके जो बिल्डिंग थी उसके जो अकाउंट्स वगैरह थे उसको फ्रीज कर दिया गया है साथ ही साथ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि दहली में है उसको भी इसमें पत्राचार किया गया है कि उसके जो फ्रीज प्रॉपर्टी है उसको सीज करके उसमें जो भी उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई है कार्रवाई